हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक स्ट्रेंजर का मिक्सर ले आया हूं ऑडियो मिक्सर है तो देखिए ये एस एम एट ज़ीरो और इसके बारे में और बहुत कुछ लिखा है ये थ्री ब्रांड है वगैरह जो भी है और ये ऑडियो का मिक्सर है और एस एम यू है ये और देखिए बहुत अच्छी कंपनी का है और बहुत अच्छा है स्ट्रेंजर का तो नाम चलता है वैसे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए तो मैं इससे रिलेटेड और कोई भी वीडियो लाइट और डेकोरेशन और डीजे से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए तो आइए शुरू करते हैं तो देखिए ये आठ चैनल का मिक्सर है आठ चैनल का मिक्सर है ये देखिए और इस मतलब बहुत अच्छे मैं बहुत दिनों से यूज यूज़ कर रहा हूँ इसको और बहुत अच्छी कंपनी है तो देखिए ये डीजे वगैरह मतलब डीजे में और इसमें तबला वगैरह माइक जो भी करते हैं सभी कामों में यूज़ होता है तो देखिए ये मेन वॉल्यूम बटन है आठ मेन वॉल्यूम बटन है आठ चैनल है इसलिए ठीक है और ये इको के सारे ये बटन है ये आठ चैनल देखिए ये मैंने गिन के बताया वो ठीक है और ये सबसे पहले हम बता हैं लाइन तो लाइन का मतलब होता है इसमें मोबाइल से और ड्रम तबला वगैरह जो भी कार्ड वगैरह लगती है वो इसमें ऑटो चैनल में आप लगा सकते हैं और उसके बाद आता है नीचे माइक का तो माइक से हम माइक से माइक के रिलेटेड तबले के जो भी अलग से माइक से एयरबॉक्स जो भी लगते हैं माइक वो सारे लगा सकते हैं ये गेन का है तो सबसे पहला वाला येल्लो वाला तो वो गेंद का बटन है तो गेंद हम जब को जब तक इसको नहीं बढ़ाएंगे चैनल पूरा स्टार्ट नहीं होगा उसके बाद बेस है तो बेस से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वैसे हमको इसमें लो ही रखना चाहिए लो रहेगा तो अच्छा रहेगा एक मिड का आता है इसको हम लेवल में मतलब बीच में रख सकते हैं उसके बाद ट्रेबल आता है आवाज़ मोटी या पतली करने के लिए तो ये तबले वगैरह में अधिक काम में यूज़ में आता है उसके बाद आ जाता है हमारा पेन वो नीचे ब्राउन कलर का तो पीएन को हमें ऐसे ही जैसे बीच में इसको राइट साइड में रखना चाहिए और दूसरा चैनल का है लेफ़्ट साइड में मतलब एक स्पीकर हमारा एक चैनल से राइट में चलेगा और दूसरा चैनल से जो स्पीकर उसको लेफ्ट में कर देंगे तो वो लेफ्ट साइड चलेगा ठीक है उसके बाद आता है इक्को इक्को हमेशा हमको पूरा नहीं रखना चाहिए थोड़ा सा बढ़ा के रखना चाहिए हल्का सा इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और ये जो ऊपर ये ठीक है ये ऑटो चैनल को आप समझ गए हैं इसके बाद मैं आपको इसके मेन वॉल्यूम बटन के बारे में बता देता हूं, ठीक है तो ये जैसे ब्राउन कलर का है ये लेफ़्ट राइट यहाँ से कंट्रोल होता है खास यहाँ से कंट्रोल होता है तो इसको यहाँ से कंट्रोल नहीं करेंगे जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा और इसके ऊपर नीचे हेडफोन है तो हेडफोन इस्पीकर में, इस में चालू करने से पहले आप हेडफोन लगा सुनना चाहते हैं तो वो इसको सुन सकते हैं उसका बटन ये जो पास में है येलो वाला ये उसमें आता है ठीक है इससे हम हेडफोन वगैरह जो भी ब्लूटूथ जो जैसे हेड में लगाने का जो भी है उसमें यूज़ कर सकते हैं उसके पहले उसके ऊपर ब्राउन है और फिर ये तो हम इसको दिखा देते हैं लेफ्ट राइट -right. ये मेन जो जैक टू जैक कार्ड लगती है वो यहाँ लगती है जो इधर से आती है वो स्पीकर से वगैरह जो एक स्पीकर की लेफ्ट साइड और एक स्पीकर की राइट साइड यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है और यहाँ से रिटर्न वाला जाता है ये रिटर्न अगर आप हमारा दूसरे किसी एम्पलीफायर वगैरह में भेजना है इसमें से तो भेज सकते हैं उसके बाद हम पीछे दिखाते हैं आपको कि ये पीछे से और ये ऑन ऑफ का ये मेन बटन है ठीक है उसके बाद हम एडेप्टर है ये एडेप्टर आता है इसके साथ में तो ये एडेप्टर को हम यहाँ लगाते हैं इसको और इसको जो एडेप्टर की एक और मेन पावर है वो बोर्ड में लगाते हैं तो उससे ये कंट्रोल हो जाता है ठीक है बहुत अच्छा है आप भी यूज़ कीजिए और कोई दिक्कत नहीं आई और कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें और इसका प्राइस जैसे आ जाता है इसका ये आपको सात से सा आठ हज़ार रुपये में मिल जाएगा तो ठीक है ये देखिए बहुत शानदार मिक्सर है और भी लाइट से रिलेटेड वीडियो कोई चाहिए आपको तो कमेंट करें मैं उसके बारे में बताऊंगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद